तक, है। 18 और 24 का के क्या करेंगे और का वो कैसे हम लोग यहाँ पर भाग का प्रयोग करेंगे क्या होता है ए बराबर बीक्यू प्लस आर यहाँ पर हम लोग का आर जो होता है वो जीरो से बड़ा या बराबर होता है लेकिन बी से छोटा होता है ठीक है और यहाँ पर a हमारा क्या होता है a हमारा भाज्य होता है ठीक है b हमारा भाजक होता है q हमारा क्या होता है यहाँ पर भागफल होता है और r जो होता है वो हम लोग का शेष होता है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग जैसा कि जानते हैं क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष ठीक है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जो 18 और 24 दिया हुआ है उसमें से एक को हम लोग भाज्य मानेंगे और एक को भाजक मानेंगे ठीक है जो बड़ा होगा उसको भाज्य मानेंगे तो ए हम भाजक मानेंगे ठीक है जो बड़ा होगा उसको भाज्य मानेंगे तो a हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 ठीक है यहाँ पर a और बी पता चल गया तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या चौबीस बराबर अठारह का मान निकालना है तो क्यू का मान कैसे निकालेंगे हम लोग क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं कैसे जब हम लोग यहाँ से अठारह से क्या करेंगे 24 को भाग देंगे तो कितना बार मिलेगा एक बार में क्यू का मान कितना आ जाएगा एक यहाँ पर और जब यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा छे तो आर का मान कितना यहाँ पर छे हो गया ठीक है तो से हम लोग लिख सकते हैं कि 18 गुना एक R कमान कितना छी है? और फिर हम लोग क्या करते हैं फिर से हम लोग ए ब्रा और प्लस आर के रूप में लिखेंगे लेकिन कैसे देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारा भाज्य था उसको हम लोग यहाँ पर जो भाजक था यहाँ पर हम लोग उसको भाज्य मानेंगे ठीक है और जो हमारा सेशफल था उसको हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे भाजक मानेंगे तो हम लोग का शेषफल यहाँ पर आ गया ठीक है अब 6 से 18 लगाएंगे कितना बार में ले तीन बार में और शेषफल कितना बचेगा जीरो ठीक है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब आ गया, तो, जब आ जाता है, तो उस समय जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या होता है महत्तम समक होता है ठीक है तो यानी की हम लोग बोल सकते हैं चौबीस और अठारह का एच सी एफ महत्तम समक कितना हो गया चौबीस और अठारह का यहाँ पर छे ठीक है तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है महत्तम समक को क्या करना है 18x के रूप में लिखना है, है? ठीक तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं 6 अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं पर जो है हम लोग का 24 18 चौबीस अठारह तो 6 को इसी तरफ छोड़ देंगे और 18 गुना एक को इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि चौबीस अठारह गुना एक इस तरफ प्लस क्या चीज मिल जाएगा माइनस में अठारह गुना ठीक है अब यहाँ से हम लोग क्या करना है हम लोग को की अठारह एक्स प्लस चौबीस वाई के रूप में यानी कि अठारह वालों को आगे करना है तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं छ बराबर तो अठारह गुना यहाँ पर क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस एक जोड़ चौबीस को चौबीस गुना एक लिख सकते हैं तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स के यहां पर कितना माइनस एक और वाई के यहां पर कितना एक तो यहाँ से हम लोग छे को लिख दिया है अठारह के रूप में और यही हम लोग का प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा यानी की छह बराबर कितना अठारह गुना माइनस एक ठीक है